तार पहरे रात जलथल सेबीला तार पहरे रात जलथल से सेबीला चरण त्योहार छठी मैया दर्शन दी नाया पान छठी ही नाया पान छठी मैया दर्शन दी नाया पान मांगू मांगू तिवाई का वन फल मांगू मांगू मांगू तिवाई कवन फल मांगू जो तोरा हृदया समाए छठी मैया दर्शन देहि नाया पन छठी मैया बेतली नाया छठी मैया दर्शन देहि नाया पा नैहर में मांगीला भाई रे भतीजवा नैहर मे माँ भाई रे भतीजवा ससुरा में भर लो भंडार छठी मैया दर्शन दे नाया पान छठी मैया बीतलि नाय पान बवा बैठन को ससुर मिल सवा बैठने को सासुर मंगला सा मचिया बैठन केरा से छठी मैया दर्शन देहीं नायापान छठी मैया बेटली नाया पान छठी मैया दर्शन दी नायापा घोड़ा वा को बेटा मांगी ला घोड़ा वा चढ़ने धवन को पतो छठी मैया दर्शन दे नाया पान छठी मैया तली नाया पान छठी मैया दर्शन दे नाया पान चार पा... चार पहते से सेवी अपना लामा दर्शन दे ही नाया पान चटी मैया बेटल नाया पान रोने की झुन की बेटी है तो मा की झुन की बेटी है तो मांगी आई अस मांगी ला द माद छठी दर्शन दी नाया पान छठी मैया पीतली नाया पान चार पहत जल तल से वीला। चार पहल तल जल बीला से बीला चरण दो छठी मैया दर्शन दी नाया पान छठी मैया तली नाया पा